पुष्पराज, पुष्पराज। नहीं, वीडियो वीडियो वीडियो पसंद आए तो को जरूर लाइक लाइक करें क्योंकि आपका एक हमें और को बनाने के लिए दो गर्लफ्रेंड थी मेरी एक दिल्ली की और एक लंदन की दिल्ली वाली दिल्ली गई और लंदन वाली खैर छोड़ो और बताओ कैसे हो सब समझ रहे हो समझ रहे समझ रहे हो ना? बस। वाह क्या सीन है। हालचाल पूछ लिया करो मेरा वरना मैं किसी को भी अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा हेलो भाई यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुका है जो बहुत ही अच्छा गाना गा लेता है चलो चाल के के नगी हो वाले। इतना उदास क्यों है कल एक बिना बुलाई बारात में गया था वहाँ पे मैंने इतने सारे पैसे भी लूटे घर आके देखा तो सारे नकल भी नाम सुन के फ्लावर समझे क्या नहीं चूतिया तो रुको जरा सबर करो पुष्पा पुष्पा पुष्पा रानी माता झूकेगा रा नहीं <laughs>